नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक चौबीस नवंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आज का पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मानकर के बनाया गया है तो जो भी प्रभावी गणनाएं होंगी ये लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके होगी दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन आगे बढ़ें हमारे आज के राशिफल में चार भाग्यशाली विजेताओं की हमने नाम की घोषणा की है तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग क्या कहता है तो सख संबत्त 1941 सौ इकतालीस विक्रम संबत्त दो परिधावी नामक संबत सब चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर बत्तीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर चौदह मिनट पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि में चलायमान है और चंद्र देव जो है कन्या राशि में चलायमान रहेंगे इसके साथ साथ दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि आज द्वादशी तिथि है द्वादशी को पोई नहीं खाना चाहिए और मसूर का भी सेवन नहीं करना चाहिए और त्रयोदशी को बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए दर्शकों दिन रहेगा रविवार तो रविवार को पूर्व दिशा की ओर दिशा होता है अर्थात पूर्व दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए लेकिन यदि करनी पड़ जाए किसी कारणवश तो कोशिश कीजिएगा कि पान और घी का सेवन करके तब आज यात्रा करिएगा थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा और पहले पश्चिम की ओर चार पक्ष चल लीजिएगा उसके बाद आपको पूर्व दिशा की ओर चलना रहेगा नक्षत्र रहेगा हस्त योग रहेगा प्रीति इसके उपरांत आयुष्मान योग रहेगा करण रहेगा कॉलो इसके उपरांत तैतिल और अंतिम करण रहेगा ये गर करण रहेगा आज का जो शुभ समय है सुबह नौ बजकर पंद्रह मिनट से लेकर के दस बजकर तिरालीस मिनट तक का समय शुभ है तो आप लोग अपने जरूरी काम इन समयावधि के बीच में यदि आप लोग कर लेते हैं तो उसमें निश्चित ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी दूसरा अभिजीत मुहूर्त रहेगा ग्यारह बजकर इकत्तीस मिनट से लेकर के 12 बजकर जो है 15 मिनट तक का रहेगा इसमें भी आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं अशुभ समय की यदि हम बात करें देखिए अशुभ समय में होता है राहुकाल तो राहुकाल रहेगा आ, नौ बजकर 14 मिनट से लेकर के दस बजकर जो है चौतीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये काल का रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि अभिजीत मुहूर्त में ही आप लोग जो है आज कार्यों को करेंगे तो आपको अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी राशि फल क्या कहता है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा इस पर हम दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन दर्शकों सत्ताईस अट्ठाइस और उन्तीस तारीख को दिल्ली में आप लोग हमसे नाम मिलना भूलिए तो मेष राशि के जातकों आज के दिन के पूर्वार्ध में आज आप कार्य क्षेत्र एवं से काफ़ी आशाएँ रखेंगे मध्यान्ह के पहले तक इनसे आपको लाभ हो सकता है परंतु इसके बाद का समय प्रतिकूल होने से आशा जो आपकी है वो निराशा में बदलेगी घरेलू कार्यों एवं व्यवसायों के कारण दौड़ धूप आज अधिक करनी पड़ेगी आज आवश्यकता के समय आपकी कोई सहायता नहीं करेगा जिससे आपके मन में मानसिक खिन्नता बढ़ेगी मेष राशि के जातकों परिवार में आकस्मिक कोई बीमार पड़ेगा जिसके कारण आपका बजट जो है असंतुलित होगा और दवाओं पर खर्च बढ़ेगा कार्य क्षेत्र पर लाभ पाने के लिए आज अधिक परिश्रम करना पड़ेगा फिर भी आज आशानुकूल लाभ से वंचित ही रहेंगे महिलाएँ आज अपने आप को लाचार अनुभव करेंगे धार्मिक कृतियों में मेष राशि के जातक रुचि लेंगे और आज व्यापार से संबंधित उनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होगी यदि आज आप किसी को धन देते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा उपाय के तौर पर आज मेष राशि के जातकों को करना क्या होगा तो एक रोटी में गुड़ डालिए और आज उसको आप लोग गाय को खिलाइए धन संबंधी जितनी भी बाधाएं हैं ये दूर हो जाएगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वृषभ राशि के जातकों आज के दिन आपके साथ आकस्मिक घटनाएं अधिक घटेंगी आज आप जो भी कार्य करेंगे उसका निर्णय भी अचानक ही लेंगे जिससे आज आसपास के लोग आपके आश्चर्य में पड़ सकते हैं आज लोगों से आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी प्रातःकाल से जिस कार्य में जो है आप जुटेंगे उसमें शाम तक आपको सफलता जरूर मिलेगी धन लाभ के तमाम अवसर मिलेंगे किसी मांगलिक उत्सव में आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं आज यात्राओं का योग बन रहा है पारिवारिक वातावरण आज पहले से बेहतर रहेगा एक दूसरे की भावनाओं का वृषभ राशि के जाता आप जो है मतलब सम्मान करेंगे घर के बुजुर्ग अथवा बच्चों की सेहत भी आज अचानक खराब होने के कारण आपके ऊपर कुछ अतिरिक्त पैसों का बोझ बढ़ सकता है किसी महिला के कारण आज आपको अपमानित होना पड़ सकता है तो इससे आज, आज आपको बचना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आदित्य हृदय स्रोत का आज, आज आपको पाठ करना रहेगा दूसरा आज आप लोग जब बाहर कार्य क्षेत्र के लिए निकलिए तो कोशिश कीजिएगा शहद थोड़ा सा सेवन करके तब निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पाँच तो हमारे भाग्यशाली विजेताओं का क्रम जारी है उसी क्रम में हमारे जो पहले भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम है विकास विकास जी बेसिकली उड़ीसा के रहने वाले और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1989 और दोपहर में बा जो है माफ़ करिएगा प्रातः जो है बारह बजकर पाँच मिनट का इनका जन्म स्थान है इनका प्रश्न है कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी और शादी इनकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होती है तो विकास जी आपकी कुंडली को एक बार देख लेते आपकी तुला लगने की कुंडली है और कन्या राशि है आपकी लग्न के मालिक जो शुक्र आपके बनते हैं ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है दूसरा जो कर्म क्षेत्र के अधिपति बनते हैं चंद्रदेव ये द्वादश भाव में चले गए तथा मंगल की चतुर्थ दृष्टि नीचगत राशि को पढ़ना ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही ज़्यादा आपको बाधा आएगी गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग बिल्कुल ना के बराबर है लेकिन हाँ आप किसी अच्छी सेवा में नौकरी कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं दूसरा जो आपने पूछा है कि लव मैरिज होने के योग हैं कि नहीं है तो देखिए साहब आप पहली बात तो मांगलिक है तो कोशिश कीजिएगा अपनी कुंडली को एक बार अच्छे से मिलवाइएगा दूसरा पंचम स्थान जो है यहाँ पर राहु देव का विराजमान होना मतलब प्यार के जो है संबंधों में थोड़ी सी आपको यहाँ पर निराशा हाथ मिलेगी लव मैरिज होने के योग बहुत कम ही दर्शा रहे हैं अगर होगा तो समझ लीजिए कि एक ही बार हम बोलते हैं कि तलवारें एक उठेंगी। आ, उपाय क्या करना रहेगा आप लोगों को तो देखिए उपाय के तौर पर बेसिकली आपको करना ये दूध में केसर डालिए और पूर्णिमा वाले दिन आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ाना अर्पित करना रहेगा नमः शिवाय मंत्र से दूसरा एक उपाय आपको ये करना है कि हर शुक्रवार एक सूखा नारियल कम से कम इक्कीस शुक्रवार शिवलिंग पर आप लोगों को जो है अर्पित करके चले आना है सरकारी क्षेत्र में आपको जॉब मिले तो विष्णु सहस नाम का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा तो हमारी जो अब अगली राशि आती आती है मिथुन राशि और दर्शकों आप भी वो भाग्यशाली विजेता हो सकते हैं आपको करना क्या होगा फटाफट हमारे इस जो है राशिफल को आपको लाइक करना होगा अपना नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ अपना बर्थ प्लेस और अपना क्वेश्चन ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए और प्रतीक्षा करिए अगले दिन के राशिफल का अगले दिन के राशिफल में निश्चित ही आपके नाम की भी घोषणा हो सकती है तो मिथुन राशि के जातकों आज के दिन आप शारीरिक रूप से चुस्त रहने के साथ साथ अधिक व्यस्त भी रहेंगे परंतु अकारण क्रोध आने से आज आसपास का वातावरण बीच बीच में आपसे गर्म होगा नौकरी व्यवसाय में पहले थोड़ा आलस्य रहेगा बाद में कार्यों के प्रति अधिक गंभीर रहेंगे नौकरी पेशा जातकों को आज अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा जिससे थकान अधिक रहेगी व्यवसायी वर्ग कार्य क्षेत्र पर विस्तार की योजना बनाएंगे परंतु इसे साकार रूप देने में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है आर्थिक स्थिति आज थोड़ी विचारनीय रहेगी आकस्मिक खर्चे लगे रहेंगे कुल मिलाकर के आज परिवार में मांगलिक कार्य आपके सम्पन्न होगा व्यापार में आज आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज सुंदर का आपको पाठ करना रहेगा और पंछियों को आज आपको गेहूं अपने छत पर डाल दीजिएगा तो बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक कैंसर अर्थात कर्क राशि तो कर्क राशि के जात को आज आप सभी कार्यों को निष्ठा एवं आत्मविश्वास से करेंगे सहकर्मियों का भी आज, आज आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा समय से पहले कार्य पूर्ण करने पर धन की आमद सुनिश्चित होने के साथ ही नए लाभ के अनुबंध मिलेंगे आज किसी अन्य को मिलने वाला लाभ भी आपके पक्ष में आ सकता है इसलिए आपको थोड़ा सा आज बौद्धिक परिश्रम करना पड़ेगा आकस्मिक व्यावसायिक यात्राओं के योग बनेंगे परंतु अंतिम क्षणों में निरस्त भी हो सकते हैं आज यात्रा का मन ना होने के कारण आपको जो है थोड़ी सी मन में प्रसन्नता रहेगी महिलाएं गृहस्थ में महत्वपूर्ण भूमिका आज निभाएंगे आज घर में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आज जो है आपको कोई जो है मित्र मदद करता हुआ दिखाई पड़ रहा है संतान आपके प्रतियोगी परीक्षा में आशानुकूल प्रदर्शन आज नहीं कर पाएंगी तो थोड़ा सा आपको निराशा होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि लाल चंदन का तिलक आपको लगा करके तब निकलना रहेगा दूसरा यदि कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो गुड़ का सेवन करके आप घर से निकलिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए आपको सफलता मिलेगी अगली राशि जो हमारी आती है ये आती है सिंह राशि और इसके बाद हमारे जो दूसरे भाग्यशाली विजेता हैं इनके नाम की हम घोषणा करेंगे तो सिंह राशि के जातक आज प्रातःकाल से ही आपके मन में नई नई योजनाएँ फलीभूत होंगी इनको फलीभूत जो है फलीभूत करेंगे और आज आप लोग इनको अमली जामा भी पहनाते हुए नजर आएंगे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सामान्य बने रहने से कार्य समय पर आज आप लोग पूर्ण कर लेंगे धन लाभ के लिए आज दोपहर तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है आज के दिन महिलाएं सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यों में विशेष रुचि लेंगी और नौकरी पेशा महिलाओं को घर एवं कार्य क्षेत्र पर तालमेल बैठाने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन शाम का समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है धन लाभ होगा उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा तथा आज आपको कोई एक्सपेंसिव जो है गिफ्ट भी मिल सकता है आज पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आपके मन में जो है निराशा हाथ लगेगी थोड़ा सा बजट असंतुलित होता हुआ दिखाई पड़ उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को कोशिश ये करना रहेगा कि हनुमान अष्टक का पाठ करिए और यदि आपके घर में कोई बीमार चल रहा है तो उनको हनुमान बाहू का पाठ करने की आप लोग सलाह दीजिए कहीं पर निकलने से पूर्व घर पर आज आप लोग जो है गुड़ का सेवन करके निकलिएगा तो जो दूसरी हमारी भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम है कृतिका तिवारी कृतिका जी बेसिकली दिल्ली की रहने वाली हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 एक उन्नीस सौ सुबह आठ बज के पचास है जो है ए एम पे इन, इन, इन इनका प्रश्न इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इनका संबंध ससुराल से कैसा रहेगा और ससुराल इनकी कहाँ पर होगी तो प्रश्न तो बहुत ढेर सारे हैं एक बात और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं शायद हमने कृतिका तिवारी जी की एक बार कुंडली जो है देखी आप लोगों से निवेदन है यदि आप लोगों की कुंडली हो जाया करे तो प्लीज दो से तीन महीने तक आप लोग कोई कमेंट मत किया करिए अगले को मौका दीजिए कमेंट में सिर्फ आप लोग राम नाम लिखा करिए ये राम नाम ही आपको से पार लगाएगा। तो जी की कुंडली को एक बार देखते हैं तो कृतिका जी आपकी मकर लग्न की कुंडली और जो आपकी राशि बनती है मिथुन राशि बनती है सेवेंथ हाउस के लॉर्ड छठे स्थान पर आना मतलब वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करना आप कहेंगे ईस्ट तो आपके हस्बेंड कहेंगे वेस्ट एक पूर्व रहेगा तो दूसरा पश्चिम रहेगा और वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा उभर के सामने आएंगे दूसरा आपने पूछा है ससुराल पक्ष से संबंध कैसे रहेंगे तो ससुराल पक्ष से संबंध आपके मध्यम रहेंगे हालांकि सास से आपकी नोकझोंक बहुत ज़्यादा रहेगी देखिए कुंडली का जो टेंथ स्थान होता है उससे जो है सास का विचार किया जाता है टेंथ हाउस में आपके राहू हैं और ये राहु क्या करेंगे ये अकारण ही सास से मतभेद उत्पन्न करवा देंगे दूसरा आपने पूछा है कि आपके ससुराल जो है किस दिशा में होगी या किस तरफ होगी तो देखिए आपके घर से जहाँ पर आपका जन्म स्थान हुआ होगा वहाँ से पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में आपकी ससुराल हो सकती है अब उपाय भी चलिए आपको बता देते हैं तो देखिए पहली बात तो आप लोग आप कृतिका जी जो है खास करके बृहस्पति का व्रत उठा लें तो बेटर रहेगा दूसरा संडे वाले दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक आपको नमक का सेवन नहीं करना है कोशिश कीजिए कि एक ओपेल जिम स्टोन होता है फायर ओपेल इसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आप जल्द से जल्द धारण कर ले तो बेटर रहेगा तो बढ़ते हमारी अगली राशि पर सिंह राशि के बाद जो हमारी अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि और फटाफट दर्शकों देखिए आप लोग लाइक कीजिए आप लोग भी कमेंट करिए कन्या राशि के जात को आज के दिन अधिकांश समय आपकी बुद्धि अस्थिर रहेगी प्रातःकाल से ही किसी कार्य को करने में रुचि नहीं आप दिखाएंगे इसके विपरीत सुखो भोग में आज अधिक आपका ध्यान भटकेगा सरकारी कार्यों में लापरवाही के कारण कुछ हानि हो सकती है कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्था रहेगी सहकर्मी एवं अधीनस्थों के मनमान्य व्यवहार के कारण स्वयं को आज लाचार अनुभव करेंगे आज आपका पैसा अधिक खर्च होगा संतान के जो है स्वास्थ्य को लेकर भी आज आपका धन असंतुलित हो सकता है दोपहर के बाद किसी स्त्री वर्ग का सहयोग मिलने से आज, आज आपके जो है जो इकोनॉमिक स्थिति रहेगी आर्थिक स्थिति रहेगी इसमें सुधार होने के योग दिखा रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आपको कोशिश ये करना रहेगा कि विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः जी हाँ लिब्रा और लिब्रा के बाद जो हमारे तीसरे भाग्यशाली विजेता हैं इनके नाम की घोषणा करेंगे तुला राशि के जात को आज के दिन आप अनर्गल प्रवृत्तियों में पढ़कर मूल उद्देश्य से अपने भटक सकते हैं इससे मान हानि के साथ साथ समय की आपकी बर्बादी निश्चित है पहले अपने कार्यों पर ध्यान दें उसके बाद ही किसी अन्य के सहायक बने विपरीत लिंगी आकर्षण अधिक रहने के कारण भी आज कार्यों में आपकी जो है देरी होती हुई दिखाई पड़ रही कार्य व्यवसाय से खर्च आज आप लोग अच्छा निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज महिलाएँ बेवजह दिखावे के कारण अपने ऊपर जो है अधिक पैसा खर्च करती हुई दिखाई पड़ रही है लाभ के अवसर आज लापरवाही के चलते आपके हाथ से निकलने की संभावना है यदि आज आप घर के बुजुर्गों को उचित सम्मान देते हैं तो आपकी उन्नति रोक कोई नहीं रोक सकता उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो अपने घर के बुजुर्गों को आज अपने हाथ से आप लोग गुड़ दीजिए और दंडवत प्रणाम करिए इसके साथ साथ भगवान भास्कर को नमस्कार करके तब घर से बाहर निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ वृश्चिक राशि पर आगे बढ़ें उससे पहले हम अपने दूसरे भाग्यशाली विजेता के बारे में तीसरे भाग्यशाली विजेता के बारे में बता देते हैं तो तीसरे जो हमारे भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम है मन्नीत सिंह मनमीत सिंह की जो डेट ऑफ बर्थ है 25 सात 2001 है दस बजकर इक्कीस मिनट इनकी डेट ऑफ बर्थ है और इनका प्रश्न है कि ये विदेश कब जाएंगे और इनकी राशि क्या है तो मनमीत जी की कुंडली एक बार देख लेते हैं तो मनमीत जी आपका जो प्रश्न है कि आपकी राशि क्या है तो आपकी राशि भाई साहब कन्या राशि है और आपका जो प्रश्न है विदेश जाने का कि आप विदेश कब जाएंगे तो देखिए विदेश जाने का जो योग बन रहा है भाई साहब ये लगभग 2028 के आसपास बन रहा है 2028 में आप विदेश जा सकते हैं और वहां पर जा कर के कोई कार्य इत्यादि भी कर सकते हैं उपाय आपको क्या करना रहेगा तो उपाय के तौर पर देखिए नित्य भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और तीन बार आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको पाठ करना रहेगा चलते हमारी अगली राशि पर और कुंभ राशि के बाद हमारे जो चौथे भाग्यशाली विजेता हैं इनके नाम की हम घोषणा करेंगे तो वृश्चिक राशि के जात को आज आप प्रातःकाल से ही लघु दूरी की यात्राएं करने का मन बना सकते हैं आज व्यवसाय के सिलसिले में कुछ आपकी यात्राएं सकारात्मक सिद्ध होंगी यात्रा से आपको तमाम लाभ होंगे सामाजिक कार्यक्रम में भी आप सम्मिलित होने के अवसर मिलेंगे परिवार के बुजुर्गों की कृपा से आज सम्मान में वृद्धि होगी घर से बाहर आज अधिक समय मौन रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा धन लाभ के साथ साथ मानसिक परेशानी कुछ बढ़ सकती हैं आपके खर्चे अनियंत्रित रहेंगे एक बात और बताएं कि किसी के लड़ाई झगड़े में आज पड़े तो बेटर रहेगा वहां सावधानी पूर्वक में कुछ कमी करेंगे। उपाय के पर करना क्या रहेगा? तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि किसी गाय को आप लोग चारा आज जरूर डालिए और गुड़ जरूर खिलाइए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांचिटेरियस धनुराशि धनु राशि के जातकों आज आपका दिन शुभ फलदायी रहने वाला है स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा फिर भी इस कारण से दैनिक कार्यों में बाधा नहीं आएगी कार्य क्षेत्र पर प्रातःकाल से ही मध्यान्ह तक आशा से अधिक लाभ कमा लेंगे इस इसके, इसके बाद का समय भी लाभ वाला रहेगा लेकिन लाभ प्राप्ति के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा धार्मिक भावनाएं आज जो है आपकी काफ़ी बली रहेंगी घर एवं धार्मिक क्षेत्रों पर पूजा पाठ में आज भाग लेंगे विरोधियों के प्रति उदासीन व्यवहार भविष्य के लिए हानिकारक रह सकता है इसका आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा कार्य क्षेत्र पर अव्यवस्था न पटकने दे व आगे परेशानी बढ़ सकती है महिलाएं आज कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी अधिक सक्रिय या व्यस्त रहेंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपने पिताजी के जो है पैर छू कर के आशीर्वाद लीजिए और उनको यदि हो सके तो गुण अपने हाथ से जरूर खिलाइए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कैपरी कौन मकर राशि तो मकर राशि के जातक को आज आपके अंदर नई चेतना एवं स्फूर्ति का संचार होगा अध्यात्म योग में रुचि आज आपकी अधिक रहेगी परोपकार की भावना अधिक रहने से विरोधियों के उत्पटांग तर्कों का भी नहीं मानेंगे दिन का पूर्वार्थ धार्मिक वृत्तियों में व्यस्त रहेगा आज, आज आपके कार्य में कुछ आपके साथ विघ्न आ सकता है आर्थिक आयोजन आज, आज आपका निर्विघ्न सम्पन्न होगा भविष्य की योजनाओं पर भी खर्च कर सकते हैं आज आपको जितना भी लाभ मिलेगा उसी में संतोष करते हुए पड़ रहे हैं मित्र परिचितों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी जो आपके आनंद को दोगुना कर देगी आज आपकी व्यस्त दिनचर्या के कारण शरीर में थकान बहुत ज्यादा रहेगी दोपहर के बाद पेट अथवा कमर दर्द से रिलेटेड कोई दिक्कत आज हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज भगवान भास्कर को आपको अर्घ्य देना रहेगा गुड़ का दान आज आप लोग धर्म स्थान पर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार एक्वायर्स कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जातकों आज का दिन मिला जुला रहेगा दिन के पूर्वार्ध में बिगड़े हुए कार्य बनते प्रतीत होंगे परंतु मध्यान्ह तक खींचने पर दुविधा में फंसे रहेंगे किसी परिचित के गलत मार्गदर्शन के कारण कोई बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल सकता है शाम तक की संतोषजनक धन लाभ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है भागीदारी में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो ना करें अन्यथा हार हानि होगी आज ज्योतिष की ओर अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा यदि आज जो है आपके घर में जो है क्या कहते हैं कोई महिलाएँ गर्भवती हैं तो संतान प्राप्ति की बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं बुज़ुर्गों का आज आप लोग कोशिश कीजिए कि की बहुत ही सम्मान करिए और संतान की चिंताओं से आज आपको मुक्ति मिलेगी पारिवारिक खरीदारी आज बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो बजट असंतुलित हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग गजेंद्र मोच का पाठ करिए हनुमान अष्टक का पाठ सभी दुखों से मुक्ति दिलाएगा घर से निकलने से पूर्व गुड़ का सेवन करके निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज छः तो अंतिम राशि पर देखिए आगे बढ़ें उससे पहले जो हमारे अंतिम भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम है सैंकी ठाकुर जी बेसिकली अम्बाला के सैंकी जी रहने वाले हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवम्बर उन्नीस सौ और दोपहर के तीन बजे का इनका जन्म है अम्बाला का जन्म स्थान है इनका प्रश्न है इनको गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी और उपाय क्या है तो चलिए सैंकी ठाकुर जी की कुंडली देख लेते हैं सैंकी जी आपकी जो कुंडली है ये मीन लग्न की कुंडली है और जो आपकी राशि आ रही है ये आ रही है कुंभ राशि शनि चंद्रमा का बिजदोष द्वादश भाव में हर समय आपका दिमाग चलता ही रहेगा और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके जो है मन में आएंगे आप सेना से रिलेटेड किसी पद में जा सकते हैं पुलिस से रिलेटेड किसी पद में जा सकते हैं एजुकेशन फील्ड में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई भी काम कोई भी काम आप कर सकते हैं हमने बेसिकली शायद आपको पहले हमारी बात हो चुकी है हमने आपको बताया था कि आपको एक येलो सफाइया पुखरात धारण करना है मंगल आपकी कुंडली में नीचे के हैं प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि सुंदरकांड की ग्यारह चौपाई आप लोग जरूर करिए और इस समय देखिए आपकी लग्नेश की दशा चल रही है तो यथा संभव यदि आप पुखरात धारण कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा दूसरा देखिए आपने नौकरी का जो समय पूछा है तो जॉब का समय आपके आएगा आ, मार्च के आसपास आपको जो है नौकरी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर हमने आपको बताया जेलो सफ़ायाद जरूर आप पहने दूसरा आपको करना क्या रहेगा कि शनि से रिलेटेड जो भी जो है दान है जैसे लोहे का दान हो गया कंबल का दान हो गया चाय पत्ती का दान हो गया काली माह की साबुत दाल का दान हो गया अदरक हो गया तो इन सब चीज़ों का दान आप लोग जो है किसी गरीब व्यक्ति को जरूर करें शनिवार के दिन और कब करें खास करके जब शनिश्चर्य अमावस्या हो तब इसका दान करें तो आपको अधिक फल प्राप्त होगा चलिए दर्शकों अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जातकों आज का दिन अनुकूल रहने से अधूरे काम आपके पूर्ण होंगे धन की भी आमद होने से मानसिक रूप से संतोष रहेगा नौकरी पेशा जातक बेहतर कार्य के लिए सम्मानित रहेंगे अधिकारियों का आज विशेष प्रोत्साहन आपको मिलेगा व्यवसाय वर्ग भी व्यापार में आकस्मिक वृद्धि होने के कारण अधिक व्यस्त रहेंगे परंतु ध्यान रखें स्वभाव में चिड़चड़ापन रहने से आपके प्रेम में कुछ कड़वाहट आ सकती है आज आप लोग झूठी प्रशंसा करते हुए जो है नहीं रूकेंगे सरकारी कार्य करने से आज, आज आपकी उलझनें कुछ बढ़ सकती हैं था आगे के लिए टालना बेहतर रहेगा घर में जो है आज कोई मांगलिक जो है कार्य हो सकता है मंगलमय वातावरण मिलने से शांति अनुभव करेंगे लेकिन दिन भर की दिनचर्या आज आपकी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेगी बहुत ज़्यादा बिजी रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिए भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए और सूर्य देव का गायत्री मंत्र जो है इसको 21 बार सुबह उठकर के जल्दी पढ़ें प्रातःकाल जब आप कार्यक्षेत्र के लिए घर से बाहर निकले तो कोशिश कीजिएगा कि आज गुड़ के साथ साथ थोड़ा सा शहद का और केसर का सेवन करके भी आप लोग निकलें ये तो था उपाय शुभ कलर पर आ जाते हैं तो आपके लिए आज का शुभ कलर रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक तो दर्शकों कैसा लगा हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार